पर इवान पहले तो वापस अपने समय में जाने की कोशिश करता है लेकिन उसके अब अगले दिन में हम वापस इवान को देखते हैं जो अपने पिता यानी कि राजा की जादू तरवार ऐसी पोर्टल बनाकर भविष्य की दुनिया में आ जाता है जा, फिल्म की शुरुआत में हम कुछ सहने को जंगल में देखते हैं होता है। जिसने नए जमाने के कपड़े पहन रखे थे दरअसल इवैन एक राजा का बेटा है जिसे उसके पिता ने जादू के प्रयोग ऐसी भविष्य की दुनिया में बेच दिया था ताकि वो उनके दुश्मनों ऐसी सुरक्षित रह सके भविष्य की दुनिया में इवान अनाथ था जो एक दिन अचानक ऐसी अपने समय में यानी कि पास में पहुँच गया जहाँ उसकी मुलाकात उसके पिता से हुई और ये कहानी इस मूवी के पहले पार्ट में बताई गई है और अब हम वापस ऐसी इस मूवी पर आते हैं जहाँ इवेन और बाकी सैनिकों का सामना एक ऐसे मॉन्सर से होता है जिसका सिर्फ सर ही था यानी कि उसके पास कोई शरीर ही नहीं था और अब यहाँ वो लोग काफी संघर्ष के बाद उस मॉन्स्टर के सिर को पकड़ने में कामयाब हो जाते है जहाँ फैनिस नाम का योद्धा उस सिर को एक थैली में डालकर बाकी लोगो के साथ वापस अपने राज्य चला जाता है उनके राज्य का नाम व्हाइट सिटी था जहाँ एक छोटी बच्ची को एक महिला की टोकरी ऐसी सिर चुरा कर खाते देखते हैं जहाँ से खाते दौरान उस बच्ची को एक चमकता हुआ फूल दिखाई देता है जिस पर वो उस फूल की तरफ आकर्षित होकर उसे तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा करने पर उसके हाथ में कांटा चुप जाता है तभी वो महिला जिसके टोपी ऐसी सवाल करती है की आखिर तुम्हारे माता पिता कहाँ है जो देख हम समझ पाते है की उस महिला को बच्चे की फिक्र है तभी वो महिला भी उस फूल ऐसी आकर्षित होकर उसे छूने की कोशिश करती है जिस दौरान उसे भी कांटा लग जाता है इसलिए वो उस फूल को तोड़ बच्ची को अपने साथ लेकर चली जाती है दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं जिसने अपने कमरे में भविष्य की बहुत सी चीजें जैसे वॉशिंग मशीन लाइट बल्ब और ओवन वगैरह रखा होता है जिसे चलाने के लिए उसके पास जनरेटर भी था और वो इन चीजों को भविष्य में जाकर लाया करता था जिसकी बात वहाँ पहले ऐसी आकर ईवा ऐसी बात करने लगती है और उसी समय एक सैनिक इवैन के जनरेटर को शैतान समझ उसे तोड़ देता है वहाँ अब इस तरफ हम उस महिला को बच्ची के साथ देखते है जहाँ उस छोटी बच्ची के शरीर पर कुछ निशान बन रहे थे और बिल्कुल वैसा ही निशान उस महिला के हाथ में भी बन रहे थे जो देख कर हम समझ पाते की ये सब उस फोर की वजह ऐसी हुआ है आप अगले दिन में हम वापसी वैन को देखते है जो अपने पिता यानी की राजा की जादू तरह ऐसी पोर्टल बनाकर भविष्य की दुनिया में आ जाता है जहाँ वो एक सुपर मार्केट ऐसी नया जनरेटर और बाकी जरूरत की चीजें खरीद कर फिर ऐसी पास में लौट आता है उधर वो महिला बच्चे को लेकर एक जादूगरने के पास जाती है जहाँ उस बच्चे के बालों की जाँच करके जादूगर बताती है की इस बच्चे के ऊपर शैतानी ऐसी आया है इसलिए इसे जान ऐसी मार दो झूठ सुनकर वो महिला उस जादूगरने लेकर वहाँ से चली जाती है फिर राह के समय वो महिला और बच्ची अपने यहाँ उस जगह पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें चमकता हुआ फूल दिखाई दिया था लेकिन वहाँ जाने पर एक जादुई पेड़ उन्हें जकड़ लेता है और ये इसी न कर अगले दिन की तरफ मुड़ जाती है जहाँ राजा ने एक प्रतियोगिता रखवाई थी जिसमे राज्य के सभी लोग अपनी अपनी ताकत और काबिलियत का प्रदर्शन करते हैं तभी फेरिस एक मोस्टर को कैर करके वहाँ ले आता है जिसमे फेनिस काफी अच्छा प्रदर्शन करता है और अपने प्रदर्शन के बाद वो इवेंट को प्रतियोगिता में भाग लेने की चुनौती देता है जिस आरोप इवेंट पहले तो वापस अपने समय में जाने की कोशिश करता है लेकिन उसके पिता की जादुई तलवार काम ही नहीं करती क्योंकि उसका जादू खत्म हो गया था दरअसल इवैन हर रोज भविष्य में जाया करता था जिस कारण तलवार की शक्ति कम होती चली गई, और आखिरकार अब उसकी शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई है इसलिए इवेन को मजबूरन उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना पड़ता है जहाँ वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था पर उसी समय वहाँ दो चुड़ैले आकर राजा ऐसी उसकी जादु तलवार मांगती है इसकी बात हमें फ्लैश के जरिए दिखाया जाता है की ये चुड़ैले कोई और नहीं बल्कि वो महिला और बच्ची ही हैं जिन्हें जादू पेड़ ने चुड़ैल बना दिया तभी गैलीना नाम की चुड़ैल बारबरा से कहती है की वो उस तलवार को लेकर आए जबकि वो फूल राजा के कुछ सैनिकों पर कोई जादू करती है जिससे उन सैनिकों की गायब होकर वो लोग अपने ही साथियों से लड़ने लगते है इतने में ही बारबरा एक पक्षी का रूप बना उस तलवार को ले लेती है परिवहन अब अपना मोबाइल फेंक कर मारता है जिससे बारबरा के हाथ ऐसी वो तलवार छोड़ जमीन आरोप गिर जाता है तब राजा उस तलवार ऐसी लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन जादू खत्म होने की वजह ऐसी वो तलवार किसी आम तलवार की तरह हो गई थी इसलिए राजा उस तलवार को इवान के कर साथ रक्षा करने को कहते हैं क्योंकि आज नहीं तो कल तलवार की शक्ति वापस ही आ जाएगी इस पर अब इवान बैलिसा फैनिस और जादूगरनी उस तलवार को लेकर भाग निकलते हैं जो देखकर चुड़ेलो के साथ उनके पीछे जाते हैं जिस पर चालाक जादूगरनी सीटी बजा अपनी जादु झोपड़ी को बुलाती है वही अबारा बार के साथ ही जैसी उस जगह आरोप आते उन्हें वो झोपड़ी नदी के पानी में तैर कर आगे जाती हुई दिखाई देती है जिससे उन्हें लगता है की सभी लोग झोपड़ी के अंदर होंगे लेकिन झड़ी में कोई नहीं था क्योंकि सारे लोग उस नदी के पास बने खोखले पेड़ के अंदर छुपे हुए थे यहाँ भी उस जादूगर से सवाल करता है कि आखिर वो चुड़ेले कौन थी और उन्हें तलवार क्यों चाहिए जिस पर जादूगरनी बताती है कि हजारों साल पहले यहाँ एक नई दिल जादूगर रहा करता था जो किसी भी चीज को छू उसके अंदर जान डाल देता था फिर एक दिन उसे ऐसा लगा की वो बूढ़ा हो रहा है और बहुत जल्द उसकी मौत हो जाएगी इसलिए उसने अमर होने के लिए एक जादू तलवार बनाई और ये वही तलवार है जो इस समय इवैन के पास मौजूद है वो तलवार सूर्य गढ़ के समय जादू हीरा लगाने पर वो जादूगर अमर हो जाता है लेकिन जादूगर के चले कोशी ने उस तलवार के लालच में आकर जादूगर के ऊपर एक विशाल का एक पत्थर गिराकर उसे जान से मार दिया लेकिन वो जादूगर मरने के बजाय जमीन में ही दफन रहा और उसके मन में नफरत बढ़ जाने के कारण वो एक शैतान बन गया और अब उसी शैतान जादूगर को वो तलवार चाहिए हम हाँ वो ये बातें कर ही रहे थे की तभी नदी का राजा वहाँ आकर उन्हें डेढ़ के बारे में बताते हुए कहता है की हमें उस शैतानी जादूगर को मारने का तरीका डेढ़ में ही पता चलेगा जिस पर वो सभी नदी के राजा के साथ आगे जाकर एक चट्टान पर रोकते हैं। दूसरी तरफ दोनों चुड़े चलने वाली झोपड़ी तक पहुंचकर उसकी अंदर देखती है जहां उन्हें कोई भी नहीं मिलता इसलिए अब गलीना उस झोपड़ी को जलाने का आदेश देती है लेकिन सही समय पर दूसरी चलने वाली झोपड़ी आकर उस पहली झोपड़ी को बचा कर वहाँ ले जाती है वहां इस तरफ चट्टान पर फैनिस और इवैन को लोही की दो जंजीरें मिलते हैं जिनमें ऐसी एक जंजीर को फैनिस बड़ी आसानी ऐसी उठा लेता है लेकिन इवैन दूसरी जंजीर को नहीं उठा पाता जो देख कर अपनी थैली ऐसी जादुई फलियाँ निकालकर खा लेती है जिस कारण उसमें बहुत ज्यादा शक्तियाँ आ जाती है इसलिए वो दूसरी जंजीर को खींच पानी में से एक विशाल का एक वेल मछली को निकालती है दरअसल वो लोग जिस चट्टान पर खड़े थे वो उस वेल मछली के ऊपर ही था जिसके बाद वो वेल मछली उन सभी को लेकर हवा में उड़ जाती है और उड़ते हुए वो उन लोगो को डेढ़ तक पहुँचा देती है इसी बीच उस की उस जादू की थैली को चुरा अपने पास रख लेता है और डेढ़ लाइन वो उनमें से कुछ फलियाँ निकाल खा लेता है जिससे उसके अंदर भी ताकत आ जाती है इसलिए वो एक विशाल का एक पत्थर को उठाकर दूसरी ओर फेंकते हुए अपने शक्ति का प्रदर्शन करता है अब आगे हम उन सभी को बोलने वाले पहाड़ के पास देखते हैं, जहाँ वो पहाड़ बताता है कि वो सिर्फ उसे ही अंदर जाने देगा जो उसकी तीनों सवाल के सही जवाब दे वरना वो उन्हें बर्फ में जमाकर मार देगा अब इस पर इवार उसे ही अपने बातों में उलझा तीन ऐसे सवाल पूछ लेता है जिसका जवाब उसे पहले ऐसी पता था इसलिए वो उस पहाड़ ऐसी कहता है की तुमने मुझसे तीन सवाल पूछ लिए जिनके जवाब भी मैंने दे डाले इसलिए मैं और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा जिस पर वो पहाड़ समझ जाता है कि इवेन ने उसे बेवकूफ बनाया पर क्योंकि उसने तीन सवालों के जवाब दिए थे इसलिए वो उसे एक चमकदार पत्थर देकर अंदर जाने को कहता है जिस पत्थर की मदद से इवान किसी भी मरे हुए शख्स को वापस ला सकता था अब अंदर जाने पर इवान को उसके पिता मिलते हैं जो देख वो हैरान में पूछते है की आखिर आप यहाँ कैसे पहुँचे जिस उसके पिता बताते है की गैली सा उन्हें जान से मार दिया था इसलिए वो डेढ़ यानी की मुरदों की दुनिया में पहुँच गए जो पता चलते ही इवेन को बहुत दुख होता है पर तभी उसे याद आता है कि उसके पास वो चमकदार पत्थर है जिसकी मदद से वो अपने पिता को जिंदा कर सकता है इसलिए वो अपने पिता को वो चमकदार पत्थर देता है लेकिन उसके पिता उस पत्थर को खुद लेने के बजाय कोशी को देते हुए उसे इवान के साथ बाहर भेज देते हैं अब बाहर आकर वो सभी कोशी के साथ वापस अपने राज्य यानी कि व्हाइट सिटी की तरफ आने लगते है जहाँ आगे उन्हें एक नदी मिलती है इसलिए इवेन फिर से जादू फैलिया खाकर एक विशाल एक पेड़ को गिरा देता है जिससे नदी पार करने का तैयार हो जाता है अब इसके बाद वो जादूगर ने कोशी ऐसी शैतानी जादूगर को का तरीका पूछती है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था जिस पर जादूगर ने गुस्से में उसके सिर पर मारती है और ऐसा करने से उसे काफी सारी चीजें याद आ जाती है, पोशी बताती है कि जिस पत्थर के नीचे मैंने उस जादूगर को दबाया था उस पत्थर के टुकड़े करने से वो हमेशा के लिए मर जाएगा लेकिन उस पत्थर को सिर्फ इवैन की जादु तलवार ऐसी तोड़ा जा सकता था तब इवैन बेलिसा को बताता है की बार बार भविष्य का सफर करने के कारण उस तलवार की शक्तियाँ खत्म हो चुकी है जो सुनकर वो उससे नाराज हो जाती है फिर इवैन उस तलवार ऐसी पेड़ को टने की कोशिश करता है जिसमें नाकाम होने की वजह से उस तलवार को जमीन में गाड़ देता है लेकिन ऐसा करते ही उसकी तलवार खुद बखूद और ज्यादा अंदर चली जाती है और अब हम देखते हैं कि वो तलवार तो जमीन की शक्तियाँ सोकर वापस से पहले जैसी हो जाती है यहाँ यानी कि उसका जादू वापस आ जाता है इस पर अभी फिर से जादू फैलिया खाकर एक बड़े पत्थर के नीचे उस तलवार को छुपा देता है और अब आगे हम उन सभी को आराम करते हुए देखते है जिस दौरान फैनेस पहरा दे रहा होता है पर तभी उसके सीने में एक तीर जा लगता है जिसे बाहरा में चलाया था क्योंकि उसको उन सबका पता चल चुका था यहाँ बैगरा के सैनिक बाकी लोगों पर टूट पड़ते हैं जहाँ बेले सा कोशिश जादू और वो मॉन्स्टर वाला सी जिसे ईवेन ने अपने साथ ले आया था वो चारों मिलकर उन सैनिकों से लड़ने लगते हैं जबकि ईवेन अपनी तलवार को निकालने के लिए पत्थर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन फलियों का असर खत्म हो जाने के कारण उससे वो पत्थर नहीं उठता इस तरह वो फिर ऐसी उन फलियों को उठाने के लिए जादू की थैली निकालता है लेकिन वो पूरी तरह ऐसी खाली होती है वहीं उसे ऐसा करते देख वो बुजुर्ग जादूगरनी उस पर बहुत गुस्सा करती है जिससे सभी को पता चल जाता है कि इवान के पास इतनी ताकत कहाँ से आ रही थी इधर लड़ाई में बारबरा के सैनिक उन सभी पर भारी पड़ रहे थे इसलिए उन लोगों को लड़ाई छोड़कर भागना पड़ता है जबकि बारबरा उन्हें जाने देती है क्यूँकी ऊसे वो जादुई तलवार मिल चुकी थी जिसे लेकर वो उड़ जाती है लेकिन वो ये तलवार गैलिसा को नहीं देने वाली थी बल्कि पूरी तलवार का प्रयोग करके अमर होना चाहती थी दूसरी तरफ बैलिसा ईवन को थप्पड़ मार बाकी लोगों के साथ आगे चले जाती है जिस पर इवैन भी उनके पीछे आने लगता है लेकिन रास्ते में कुछ पत्थरों की गिरने की वजह ऐसी इवैन और उसका मोर्चर सिर्फ बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं आप सिर्फ बाकी लोग इवैन से नाराज थे इसलिए उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं इसीलिए इवेन वापस से पीछे आता है जहाँ उसे अपनी जादुई तलवार की म्यान मिलती है आप अगले दिन में हम बारबरा को उल्लू के रूप में तलवार लेकर जाते हुए देखते हैं और तभी गैलीना कर उसके ऊपर वार करके तलवार को नीचे जंगल में गिरा देती है जिसके बाद वो दूनो भी नीचे जंगल में आ जाती है जहाँ गैलीना बारबारा ऐसी कहती है की तुम्हें जादूगर को धोखा नहीं देना चाहिए लेकिन बारबरा उसकी एक नहीं गैलीना उसके ऊपर जादू करके उसे भी वैसा ही बना देती है जैसा उसने राजा के सैनिकों को बनाया था जिसका मतलब ये कि बारबरा भी गैलीना की गुलाम बन चुकी है अब आगे हम उस मॉडस को देखते हैं जिसे फेनिस ने प्रतियोगिता वाले दिन पकड़कर ले आया था दरअसल मॉन्सर गैलीना और बारबरा के हमले वाले दिन वहाँ ऐसी भाग जंगल में आ गया था और अब उस मॉडल को जंगल में वही तलवार मिलती है जिसे लेकर वो आगे जा रहा था तभी उसे इवेंट और मॉन्सर सीध दिखाई देते है अब यहाँ इवेंट उस मॉडल ऐसी अपनी तलवार वापस लेकर व्हाइट सिटी पहुँचता है जहाँ हर तरफ गैलीना के सैनिक नजर आ रहे थे क्योंकि उसने सभी सैनिकों को अपने वश में कर लिया होता है इसकी बाद इवेन को सभी सैनिकों से लड़ने लगता है जबकि दूसरी तरफ तरफा उस बुजुर्ग जादूगर की दवा को फैनिस के घाव पर लगाती है जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अब वो सभी भी इवेन का साथ देते हुए गैलीना के सिपाहियों ऐसी लड़ते तभी मोनसे सिर पत्थर के ऊपर जाकर बताता है की शायद ये वही पत्थर है जिसे काटने ऐसी जादूगर की मौत हो जाएगी इसलिए इवेन उस पत्थर के कई टुकड़े करता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं इसलिए वो कोशी ऐसी उस पत्थर के को था। था बारे में पूछता है लेकिन तभी एक सिपाही कोशी का सिर उसके घर से अलग कर देता है जो देख गरीबन कोशी के सिर से उस पत्थर के बारे में सवाल करता है कोशी का शरीर एक तरफ इशारा करके उस पत्थर का पता बताता है कोशी अपना सिर उठाकर वापस से अपने शरीर से जुड़ जाता है जिस दौरान गरीना वहाँ आकर उस सभी आरोप वार करती है और इस हमले में कोशी का सिर एक बार फिर ऐसी टकरा जाता है जिस कारण उसकी सारी यादें वापस आ जाती है जिससे वो समझ जाता है की अगर उस पत्थर को तोड़ा गया तो जादूगर मरेगा नहीं बल्कि वो आजाद हो जाएगा इसलिए वो इवान को ऐसा करने से तुरंत रोकता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि इवान ने तब तक उस पत्थर पर वार कर दिया था अब इवान के वार करते ही एक तीस रोशनी के साथ वो जादूगर आजाद होकर बाहर निकल आता है और अब आजाद होती वो ईवेंट को मारने की कोशिश करता है इस पर फिर कोशी उससे कहता है की तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है इसलिए मुझे मार दो लेकिन वो जादूगर कोशी को मारने के बजाय उसे जमीन में काट देता है और फिर इसी के साथ वो बाकी लोगो को भी अपने जादूई टेनियों से जलाकर जमीन में गाड़ने लगता है तभी इवान को अपने विजन में उसके पिता नजर आते हैं, जो बताते हैं कि हमें जमीन से ही सारी शक्तियाँ मिलती है इसलिए तुम अपनी शक्तियों को पहचानने की कोशिश करो और अब इसी के साथ इवान का विजन खत्म हो जाता है और अब हम देखते है की उसे जमीन ऐसी कुछ शक्तियाँ मिल रही है इसके बाद वो जादूगर की टेनियों को तोड़ उसे भी जमीन ऐसी उखाड़ कर फेंक देता है दरअसल इवन ने ऐसा इसलिए किया क्यूँकी उसे पूरा यकीन था की जिस तरह उसे और उसकी तलवार को जमीन के द्वारा शक्तियाँ मिल रही है उसी तरह जादूगर की शक्ति भी जमीन से आ रही है इसलिए उसने जादूगर की जड़ों को जमीन से उखाड़ फेंका था फिर ईवैन अपनी जादु तलवार के मदद से उस जादूगर को भविष्य की दुनिया में ले आता है जहाँ हर तरफ कॉन्क्रीट और सड़क थी अब उस जादूगर ऐसी कहते हैं की यहाँ तुम्हे मिट्टी नहीं मिलेगी इसलिए इस दुनिया में तुम काफी कमजोर हो तब जादूगर रोड तोड़ नीचे की मिट्टी ऐसी जुड़ने की कोशिश करता है लेकिन उस रोड के नीचे कॉन्क्रीट ऐसी बना बेसमेंट होता है वहाँ काफी देर तक जमीन ऐसी न जुड़ पाने की वजह ऐसी उस जादूगर का शरीर नष्ट होकर रात में बदल जाता है जिसमें पास के समय में बेलिसा कोशी फैनिस और बाकी लोग उसकी टेनियों से आजाद हो जाते हैं और अब इवान भी वापस ऐसी पास वाले समय में आ जाता है अब इसके बाद व्हाइट सिटी का दूसरा जादूगर अपने जादू से सभी से सैनिकों को पहले जैसा कर देता है जबकि गैलीना वहाँ से भाग निकलती है उसकी जाती अब इवान बेलिसा को प्रपोज करके उसे खीस करता है जबकि मूवी की आखिरी सीधी इवान को फैनिस और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में देखते है जहाँ उन्हें कुछ अंडो में से झोपड़िया निकलती दिखाई देती है जो जादू करने की बड़ी झोपड़ियों के साथ भाग जाती है और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है अब